गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सब आज मैं आपको अपने न्यू में करता करता आज मैं आपको बहुत अहम लोगों से से मिलवाऊंगा तो तो तो के साथ रहिएगा लाजमी कीजिएगा तो सोचा आपसे कैसे हैं आप तो आ, आ, आ, अच्छा है साथ? आप सब अच्छा कि आप होंगे ये भी मेरे भाई की तरह है है हम आए पे बस लोग मैं आपको अपना दिखाऊंगा थोड़ा सा माहौल ये देखे असल में रहा हूँ अपना तो नहीं दिखा पाऊंगा किसी का दिखा पाऊंगा आज मैं न अपने के घर आया हूँ ये देखो जगह देखे बहुत प्यारी जगह है और मुझे ऐसी जगह पसंद भी बहुत ज्यादा होती है तो दोस्तों ये हमारा बहुत प्यारा कज़न आया है। इसको बाइक चलानी आती, आती नहीं है लेकिन ये चलाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है अब देखते हैं इसको आती भी है या नहीं है भी वो भी मारता रहता है ये तो चले आज देख लेते हैं फिर क्या होता है चलो स्माइल। वो मैं आपको नाम बताना बोल गया हूँ इसका नाम है मोहम्मद इसमाइल ये कराची से आए हैं और हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हैं और हमारा प्यारा भाई भी बाइक चलाने की कोशिश कर रहे हैं अब ये स्टार्ट करेगा आप देखते हैं क्या बनता है इसका चलो स्टार्ट करो ना हम अपने प्यारे भाई को आज बाइक चलाना सिखा रहे हैं तो देखते हैं आज इसका क्या बनता है चलें स्माइल चलाओ भी नहीं चलानी रश है अभी रश है न दोस्तों मैं आप, आपको अपने एक साथी से मिलवाने जा रहा हूं तो ये देखिएगा हाय कैसे हो ये मेरा एक एक साथी है। तो बाइक चलाने में हो गया। अब इसका एक और टेस्ट ले रहे हैं। नहीं ये सारे काम कर लेते चले देखते हैं, हैं। है, अब चल। तो का चलो हो गए ऐसे ये भी चले मैं अपने स्माइल भाई से ये कराची से आए हैं चले इनसे कराची के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं तो स्माइल आपका सफ़र कैसा रहा कराची का बहुत अच्छा तो आप कराची में क्या करते थे वही पढ़ते अच्छा और बताओ वहाँ का मौसम कैसे हो गया। आज ना मैं आपको अपना इस तरह इलाके का मौसम भी दिखाता हूँ चलो आज अच्छा चले, चले मैं ना अब इस्माइल को अपनी बहुत हाईएस्ट बिल्डिंग पे लेके जा रहा हूँ देखते हैं इसमाइल का क्या बनता है चले इसमाइल आगे हो ना क्यों डाल रही हो आप मैं चढ़ जाऊंगा ना पहले आपने चढ़ना नहीं कैमरा नहीं आप uh, मुझे मुझे आपने जाना है मुझे, नही बता तो मुझे नहीं पता आपने चढ़ने पहले पहले नंबर पर ठीक है आप जाओ आराम आराम से जाएगा ये देखेंगे और दूसरे ब्लाकर भाई ऊपर चले गए मटी मटी आराम आराम से आराम से हाँ तो गाइज हम बहुत मोस्ट टॉप पे जो बिल्डिंग है उस पे आ गए हैं तो आज मैं आपको अपने जो है ना गाँव का व्यू दिखाने जा रहा हूँ तो आज मैं आपको मिलवाया भी था अपने भाई स्माइल से उनका अपना एक ब्लॉग चैनल है उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आज ही मैं आपको भी ये दिखाता हूँ भाई मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं कजन हूँ तो मैंने भी अपना नया तो अभी फिलहाल वीडियो नहीं डाली वीडियो जब तो मैं डालूंगा ना तो भाई को बोलूंगा ले देंगे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में